अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में शलगम अंगूर और शिमला मिर्च दिखाई दे रही है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आठ ऑप्शन बी चार ऑप्शन सी छः या ऑप्शन डी छब्बीस आप अपना जवाब